ज़िंदगी अरे बेटा दिखाओ फोड़ दे गए फटके दिखाओ दाणी दिखाओ हाँ दिखाओ हाँ फुड़ फोड़ फुड़ जो तू नारियल समय ही फोड़ दिखा फोड़ गए नारियल है नी हाँ बजे अब अब देख लियो। फोड़ फोड़ फोड़ फोड़ दियो और टिंगर दियो। तो दियो। तो तो दियो। ही पे तू थोड़े डब्बा मैं चिटकी उछल के ला गई आंग में बिल्कुल नहीं यार, तो तो यार तो भी भी तो ताऊ ताऊ ये तू वो एक काम कर वीडियो बना कलो इंस्टाग्राम नो नौ सोलह सेट कर दिया फिर यार जमा एकदम हाँ एकदम कलो जब लेटर तो एक जमा एकदम कलो जप ले तुम दियो के आगा। आगा। राज का राज का दिया। मेरे फोन में एक इसी सेटिंग है। एक कर चालू कर दियो नहीं। मैं दिया गायब हो दिखा दिखा? तो? आ लियो दिखा? ए... आ लियो। आ लियो तो गायब हो गयो तो गायब हो आई नि कोई गायब गायब कोई कोई है हो गयो? नहीं नहीं। आ, नहीं नहीं नहीं कोई कोई कोई हो एक किलो केड़ा ले आ गया डांगर है मैं माँ तुग मानोग ना गया नहीं यार तन्ने को को भाई मैं ताऊ ने डांगर मेरे साथर अरे डांगर है फेर भी थे बात अरे यार तन्ने को को भाई मैं ताऊ ताऊ ने डांगर मैंने बैठा ठीक है मेरी फिर अरे अरे तो यार मैं यार तो मैं मैं में है ने ने कर टाइम हो बोलियो बोलियो करियो राकेश पेपर सुगता देखियो